को कॉल कर रही है फिर उस पर तेरो क्या मतलब है जब हम कर रहे हैं भाई तुपे तो क्या असर पड़ रहा है? ना बता दे तू एकदम बोल पड़े बीच में हम अपने आप वाई बात करेंगे <coughs> तू क्यों कूद है बीच में